बाय <laughs> मेरे को धोखा दिया मेरे को लड़की है तुम जिंदगी में कभी प्यार ना करना प्यार के मन रहे चौके प्यारे ना कर मेरे को लूट लिया उसने तुमको पता ये दारू सब दर्द की दवा है इसको पीने के बाद आदमी सब दुख दर्द के आए की नहीं है? है, ये बात देखो सही है तुम लोग मानते नहीं हो मेरा चाट पियो जियो या आज चार नहीं पीना चाहते यार जिंदगी में सब कुछ करे ना वो लड़की से प्यार मत करना मेरे मेरे को जीने मेरे को जीने नहीं देगी। नहीं मोहब्बत विशाले कितनी कुत्ती की जाए है कि नहीं ना जीने देती है न मरने देती है ये तो साली आदमी को सरपाती है सरपाती है कि नहीं देखो भाई वह साल दुनिया बहुत मतलबी है हाँ। इनके मा <coughs> की जय हो क्या कोई किसी का नहीं होता तुमको पता मैंने दारू क्यों पी जो भी तुमको पता मैंने दारू क्यों पी मेरे को किसी ने अपना नहीं समझा सबने मेरे को धोखा दिया सबने ये मोहब्बत तुमको पता है लड़की से मोहब्बत करने के क्या फायदे है रोका तो देगी एक फायदा कई का ना छोड़े दूसरा फायदा और तीसरा फायदा क्या है जिंदगी भर तर्कों के उसकी यादों में वो न मरने देगी और ना पीने देगी जब जब मैंने ये दारू पीनी शुरू की है मेरे को शब्द दर्द से संतुष्टि समझ रहे हो ना कि मोहब्बत और दारू में कितना अंतर है पता मोहब्बत करोगे तो दर्द मिलेगा और दारू पियोगे तो दर्द दूर होगा समझ रहे हो तुम पता तुम लोगों को क्या मोहब्बती भी देखती रह मेरे अपनों ने ही मुझे मार डाला। दुनिया कहीं हमें मिल जा ना गोली से मारे बहुत मन गया तुम क्या कहते हो तो दियो, ये जिंदगी दोबारा किसी मिलती है भाई किसी को नहीं तो फिर क्यों पीछे हो भर दियो और लोगों को जीने दो, है कि नहीं? नहीं ये शाले कोई का संग नहीं देने वाला, लोग चलते हमारी नंबर भाई, <laughs> देखो भाई तुम लोग भी पियो और गम को दूर करो है कि नहीं ये शाले अड़ोसी पड़ोसी दिखतेगा इनकी माँ की गये हो चलो इनको क्या है ना कि अपनी लाइफ छोटी सी है है कि नहीं के काट लेंगे लेकिन ये साले आज के काटने नहीं पीछे से घुस ही रहते घुस ही रहती तुम लोगों को एक अच्छी बात बताऊं? शायद लड़की से मोहब्बत ना करियो ना मोर जैसे देगा क्या तुम तो ना दे उम्र प्यार की आखिर भी क्या? क्या <laughs> तो आओ आज मेरे ये ये अच्छी चीज़ बनाई है ऊपर पिएगा? पिएगा? तू सारी दुनिया बोलती है मैं बेवा हूँ इनकी माँ का अगर मैं अच्छा भी होता तो ये मेरे रेतन क्या करते है? देखो बाएगा ये सब अरे अबे यार कोई बात नहीं हम छोटे मोटे दे दे हाँ। नहीं देखो अच्छे बनोगे तो कोई किस नहीं करेगा इधर हम्म, कोई इज्जत नहीं करेगा भाई बोरे बनोगे ना तो शायद इज्जत करेंगे तुम्हारी समझ रहे हो शब इज्जत करेंगे देखो भाई आजकल जो बुरा है इतनी पूछ है कुत्ते तो घी और आदमी को ज्यादा प्यार दे दो तो उसे हाजम नहीं होता समझ रहे हो बन के मत रहो थोड़ा चेहरे बन के रहो सारा को यहाँ उठाते वहां पड़ दो बैठे भी यहाँ कौन किसका सगा है किसपे ज्यादा विश्वास किया ठगा है ठगा है कि नहीं सबको तो ठगा है ठगा किसी का ठगा नहीं है इसलिए किसी पर विश्वास मत करो हर से ज्यादा विश्वास करोगे तो में जाओगे आप लोग भी तांटे में जाओगे इसलिए लिमिट पर ही विश्वास करो है, और मेरे को। है। कोई बात नहीं थोड़ी गलती हो जाती है आ, आ, क्या बोलते हो अभी ले लो थोड़े की को मतलब बाकी, बाकी दुनिया वाले सारे मेरे से जलते आए इनके लाद दू ऊचा दू सब कुछ तुम है कोई बात नहीं चल मेरे सालों को चलने दो जिंदगी रही तो चलने वालों को हम पुछवाड़े में आगे लगाएंगे कुछ में। तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो चैनल को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर बताओ अब कितने लोगों को धोखा मिला है वो हमें जरूर कमेंट में बताएं कि लड़की ने कितने लड़की ने किसको धोखा दिया और किसको को ने धोखा दिया तभी पता चलेगा लड़के कहते कि हमको धोखा मिला है हमको धोखा दिया लड़किया किसके धोखेबाज होते हैं और लड़के कहते हैं धोखेबाज होते हैं तो कमेंट में बताओ हमको कौन धोखेबाज होता है बाद में बताएंगे हम तुमको जोड़ के कितने बच्चे लड़कियां तैयार किया धोखा देते हैं थैंक यू आई एम बैड और का मैं कौन हूं आई एम आई टू वाई आई वन टू से Bird, bird. I am my you are like ई एम